हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक्टिन यूट्यूब चैनल मैं आपका दोस्त और होस्ट नितिन कुमार इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने यूट्यूब वीडियो के लिए बेस्ट प्रोफेशनल थंबनेल कैसे क्रिएट करें वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको यह बता दूं कि थंबनेल हमारे वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है थमनेल से आपके व्यूवर्स या कोई भी अट्रैक्ट होता जब आप एक प्रोफेशनल या अच्छा थम क्रिएट करते हैं तो आपको अच्छा क्लिक थ्रू रेट मिलता है क्लिक थ्रू रेट मतलब जितने व्यूवर्स आपके थंबनेल से अट्रैक्ट होकर आपका फुल वीडियो वॉच करते हैं उसका रेट क्लिक थ्रू रेट होता है तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि थंबनेल कितना इंपॉर्टेंट है आपके वीडियो के लिए सो लेट स्टार्ट दीडियो सो गाइस हम अपना थमलेल ऑनलाइन क्रिएट करेंगे तो उसके लिए आपको गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेना है गूगल ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सर्च आइकल में सर्च मार रहा है कैनवा जैसे कि मैं मार रहा हूँ सर्च और या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पे जा सकते हैं फर्स्ट लिंक पे नॉर्मली आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपनी आईडी लॉगिन कर रखी है आप साइन इन कर लेना सो यहाँ पर सर्च बार में आपको लिखना है यूट्यूब थमने जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है YouTube थमनेल जैसे ही आप लिख दोगे और एंटरप्रेस करोगे तो आपके सामने कई सारे YouTube थमनेल के टेम्पलेट्स शो करेगा जैसे कि आप देख सकते हैं YouTube थमनेल से रिलेटेड काफी सारे टैंपलेट्स आपको शो हो रहे हैं आपको फर्स्ट वाले टेम्पलेट जहाँ पे लिखा है क्रिएट अ ब्लैंक YouTube थमनेल उस पर क्लिक करना जैसे ही आप उस पर क्लिक कर दोगे वैसे ही आपका एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा वहाँ पे हम अपना थंबनेल क्रिएट अब हम यहाँ से अपना वीडियो क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं so, सो सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड ब्लैक कर लिया है फिर बाद में मैं हेडिंग डालूंगा हेडिंग मेरा होगा हाउ टू मेक अ प्रोफेशनल थम नेल फॉर यूट्यूब सो ये मेरा हेडिंग हो जाएगा यहाँ पे हेडिंग के बैकग्राउंड में मैं कुछ एलिमेंट्स ऐड करूँगा जो कि ग्रे कलर के होंगे सो so, ये मैं इनका कलर चेंज कर देता हूँ एंड देन इसका कलर चेंज इसको टेक्स्ट के बैकग्राउंड में एडजस्ट करना एडजस्ट कर दूंगा एडजस्ट करने के बाद गाइस आपको ये जो एलिमेंट था इसकी ट्रांसपेरेंसी आपको कम करनी है यस सो नॉर्मली आप अपना थ्री डॉट्स पे क्लिक करोगे राइट right टॉप में ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन आएगा मैंने यहाँ पे इसको सिक्सटी थ्री पुट कर दी है so, सो आपको भी यहाँ पे सिक्सटी थ्री पुट कर देना है करने के बाद इसको ट्रैक करके ऊपर ले आना है पहले ग्रुप में कर लेना फिर बाद में एक और हेडिंग डालूँगा प्रोफेशनल अभी इसका कलर मैं येलो कर लेता हूँ बिकॉज येलो अट्रैक्टिव लगता है तो व्यूवर्स आपके वीडियो देख थंबनेल देखेंगे उन्हें येलो कलर अट्रैक्टिव लगे फिर अभी मैं एक और हेडिंग ले लेता हूँ हाउ टू मेक प्रोफेशनल थमनेल थमनेल मैंने यहाँ पे लिख लिया है मैं थमनेल के बैकग्राउंड में एक एलिमेंट डालूँगा जो कि ये वाला होगा इसकी एडजस्ट कर लेता हूँ पहले इसको फिर इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं कम कर देता हूँ सिक्सटी थ्री ट्रांसपेरेंसी मैं रख लेता हूँ आपको जो सूटेबल लगे गाइस वही यूज कर लेना सो so, ये हो गया थंबनेल इसे एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा तो मैंने यहाँ पे थंबनेल को एडजस्ट कर लिया है एक और हेडिंग डाल दूँगा अभी मैं फॉर यूट्यूब सो so, मैंने यहाँ पे टैक्स कर लिया है फोर YouTube को सो so, इसको एडजस्ट कर देता हूँ पहले अभी मैं इसमें बैकग्राउंड में बैकग्राउंड में डार पुट करूँगा ये स्क्वेर टाइप राउंडेड स्क्वा इसे मैं पुट कर देता हूँ फॉर YouTube के बैकग्राउंड में सो so, इसे एडजस्ट कर लेता हूँ मैं सो so, हाँ फोर यूट्यूब की ट्रांसपेरेंसी मैंने 63 कर दी है ट्रांसपेरेंसी हो गई 63 इसे ग्रुप में कर दिया और इसे एडजस्ट कर दिया अभी मैं एक एरो सिलेक्ट करता हूँ वाइट एरो राइट एलिमेंट याला एरो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा सो so, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है मैं यहाँ पे इसको प्रोफेशनल थमनल के राइट हैंड साइड में रखूँगा सो so, जैसे कि मैंने वैसे मैंने रख दिया अभी मेरे को कुछ अपने पुराने थमनेल्स को ऐड करना है जो कि पब्लिक देखेंगे जो पब्लिक देखेगी अट्रैक्ट होएगी वो पब्लिक पूरा वीडियो वॉच करेगी तो मैं पुराने थम यहां पे पर पुट करने वाला हूं आप अपलोड मीडिया पे क्लिक करके आपके पुराने थम है तो आप उसे अपलोड कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहां पे किया सो आफ्टर दैट आपको थोड़ा थमनेल को एडजस्ट कर लेना है बिकॉज सीधा थोड़ा एट्रैक्टिव नहीं लगता टेढ़ा थोड़ा एट्रेक्टिव लगता है so, सो मैंने यहाँ पे कर लिया है तीनों को एडजस्ट एडजस्ट करने के बाद मैंने इन तीनों पे एक राउंडेड एरो लगा दिए जैसे कि आप देख सकते हैं तीनों पे लगा दिए और यहाँ पे मैंने एक YouTube का राइट बॉटम पे लोगो भी दे दिया है सो so, हाँ ये था अपना पूरा थमनेल प्रोसेस अब तक का फिर आपको राइट टॉप पे शहर के बटन पे क्लिक करना है फिर नीचे डाउनलोड पे फिर एक बार और डाउनलोड पे फिर आपका जो PNG एन है वो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा फिर आप लेफ्ट बॉटम में देखोगे तो आपका जो थंबनेल है, वो डाउनलोडेड हो गया फिर आपको डाउनलोडेड फोल्डर में आपका थंबनेल स्टोर्ड मिल जाएगा फिर जैसे ही आप उसे ओपन करते हो वैसे ही आपको अपना थंबनेल देखने को मिल जाता है सो so, ये था पूरा प्रोसीजर हाउ टू मेक थंबनेल। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बाय